होम गेम हैं कर मैं ये कौन पूरा तू नहीं वही वाली गन मिली जिससे मैं था। वो, वो थोड़ा लेट मारता हूँ मुझे वन वी फोर में जितना उसका फोर वी फोर में तो मेरे जब मेरा समय मैं डिलीट करना जब तो, तो नहीं नहीं कोई है हो गया दो सेकंड रुक गया बंदा हो खड़ा है यहां पे मैं टाइम कर हूं चलते पास में गया वो भी पीछे आने वाले गेम तो लूटने हो खड़ी से क्या करते हैं बहुत डैमेज है बहुत डैमेज hmm. है बहुत डैमेज है भाई बहुत क्या नया है पागल है कर है है? भाई? मेरे हो वाला। मैं तो डर इधर डाउन जल्दी जल्दी जल्दी आ एक भी गोली का। एक ही गोली है भाई सामने से भी मार रहा था ना बंदा हाँ वो तो है भाई जो थे वो घर में था ना पता नहीं इधर ही कहीं था आ, दिल में चल जाए तू तो मारने मत जाए पीछे बताया इधर है। अरे मार ले, है। क्यों हो रहा देखा <सीविता>। अच्छा। अबे नहीं ना वहाँ लड़ाई हो रही होगी तू जा कम माइक चालू चालू करके बात कर कर मेरा है क्यों आओ हो जाओ वो गया क्या दिल में नहीं गया घूम रहा है जोड़ पा रहे इसको अबे मारना में उसके मुंह पे भर रही अनंत टोकन कर से करेंगे क्या तो मैं उधर जाती अनंत के पास आ जा टाइम भी एक्चुअली में कर रहा है। हाँ, कर दिया। किसके पास है? किसी के पास नहीं। उसको ले, पर... उसको लेके आते हैं। यहाँ पर वो अच्छा नहीं गिरता, उसका मोबाइल अच्छा नहीं। अरे यहाँ बदी नहीं आएगा। भाई लेकिन उसको इतना डेमेज दे दिया था भाई मैंने पर चाली वो वो मूड नहीं पाया ना बहुत दिन बात खेल रहे हैं अपन मैं तब ही खेलता हूँ जब कोई साथ खेलने वाला था मेरा गेम प्ले अच्छा नहीं है मैं तू बता भाई नहीं आता क्या बता अरे तो भाई तो तो का शुरू ले ले ले बंदे भाई वो साला बहुत गाना मार के देखो कितने ज्यादा सब्सक्राइबर कल ले कर रहा है चीज अच्छी नहीं करता हमसे चेंज ऐसे जब तुम्हारी नहीं होते हां होता है ऐसा नहीं रहता ना वो ऐसे गेम प्ले तो नहीं रहता YouTube हमारा प्रमोट करने कौन है YouTube होता है कि वो घर लेके दौड़ से पब्लिक बहुत गाना मार के भाई सब्सक्राइबर कर ले ठीक रचना भी दिखवाता है हां होता है ये पूरा बहुत ही मानता अभी लेकिन उनकी वीडियो परमोड होती है भाई अपनी नहीं हो पाती क्या मतलब ऐसा हमें बंधा गया था। बहुत बड़ा था। पेटी में रहा। खोल रहा कौन किया था करते भाई मार रहा क्या चल मार मी से मारूंगा ठीक है तू मार नेट मारे मैं बाद में आना चल जा जाऊ ले जा, जा। रहा ना चलने टाइम लगता है खराब से पीछे है ना ओए तो एसएनजी के भाई दे दे यार भाई 20 है मेरे पास देखी देखी भाई उधर से मार रहा था वो वो देख एसएनजी देखी थैंक यू भाई नहीं, नहीं। तो साइड बोला ना मैंने देखो कर ले लिया अब मैं वक्त से आगे निकल चुका हूँ हाँ चल ठीक है वो देख दिल पे कर रहा है करने दे करने दे करने हैं देखो देती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 भाई भाई सॉरी डेंजर में तो कभी जोर से भाग बन जाता है कि रहता तो तो है है कुछ कुछ कामओ होना चाहिए क्या एसएमजी तो नहीं है थोड़ी सी मेरे पास अंठानवे फिर से मारूंगा लगता है चल ठीक है पैदल आ रहा हूँ भाई टाइम लगेगा ही तेरे गाड़ी पड़ रही क्या अब एक को है। चल ठीक है काम मार रहा बंदे आना भाई भैया उसको एक ही एक ही गोली लगी लेकिन हम अंग्रेजी बंदे को नहीं मार पाए दो दो देख भाई ओ भाई ये क्या ऐसे ये और काम इधर रिवाइव हो रहा है अपन भाई यार झूठ बोलूंगा क्या मैं चल चालू आ भीने देखा अब नेट नहीं डाउनलोड आपना दो दिन अपने बोल नहीं करूंगा काटे तारे तौवे तौ कहियो ये मोबाइल में अब कोई बात नहीं वो तो, तो बस लगी हाँ है सामने डेड बॉडी बन गई है उसकी कौन बोल रहा है रहे तीन मेरे क्राइन ने बोले बोलो भैया किधर है देख सामने बंदे चल आगे आगे आगे आगे, आगे सामने ही है सीधे सीधे चल लगता है इसके ऊपर तो नहीं है तो भाई मैंने पोड़ी। मैंने और होंगे ना भी जब रेड डॉट जरा फूट गया तो अब नहीं फूटेगा और सामने बंदे होंगे चल आजा अबे यहाँ छोटा सा हो गया कह रहा हो क्या हाँ एम फोर्टी चलो ठीक है ऊपर चढ़ तो के भाई भाई हाँ मैं मैं नहीं लेता। क्योंकि मेरे पास बारह सौ है तो चलो तो फिर लूअल भी खरीदना है किसको पड़ी ना तो तो मेरे पास भी नौ बंदे लाइव लाइप नौ तो बंदे नहीं दिख रहे एस भी क्या मैंने तो, तो खरीदे नहीं मैंने ग्ल्यू खरीदी नहीं तो थी तो मैं थोड़ी सी और खरीदी एक भी नहीं आया तो देख। चलो ब्राउन मुंडे को तोड़ेंगे दिखा क्या लग तो मैंने दुल दुल दुल। तो दुल। उसके ना पीछे पीछे भी है। है मर मर वो। गया गया लगता वाले को देखना।, देखना। के पास मैं से भाई? बॉडी नहीं दिख रही मेरे को। अब तो लूट लूट लूट है। तू फट-फट। क्या जी भी है मैं आगे जा रहा हूँ अब मर गया मैं भाई बाइक नहीं लगा पाया मत पो क्या मत पोड़े? उसको बोल रहा था नहीं एक भी नहीं। सब ले लिया फोन आ गया हो गया इसलिए बोलते कम बात किया करो। वहीं पे पत्थर के ऊपर था इसलिए मैं ब्लू के पीछे है है सब खेलता निकल निकल निकल निकल जोन में मार दस वो तो नहीं दे दे दे सकता सकता क्यों नहीं नहीं नहीं दूसरा भी वो क्या था वो खड़ा ही था बस नाइन डेन हो गया उसका बस मेडिक अबे दस का क्या करेगा ग्लू रख लेता ग्लू रख तो तो ले उसके पास एक ही मेरे पास तो ढेर थी 11 तेरा कल होता ही कहां मेडिक पर मेडिक पर ओ आले कोने पे चल जा जाना पड़ेगा इधर से पीछे आ गया चलो ठीक है